राय थी। गाड़ी गाड़ी। के पास लेके चलूंगा ही अकेला बंदा अकेला बंदा। हमारे भी बैठा है मेरे पीछे गाड़ी भी आ रही है आ देख रहे। गर्जो किचन के अंदर अंदर यहां न सुन अंदर वाले से एयर रोक एयर को मारेंगे का हां एयर को मारो कूद गया क्या वो अबे गाड़ी ले पाग रहा है ओए गाड़ी लेके बहुत बहुत हरामी बंदा है पहला पहला बाघ है ना इतना जल्दी नहीं मार ये रुका अभी पता नहीं कहां है आई गॉट सप्लाइज और जो कुत्ता मार के कट दूं एक रन में इसको कौन साइड में बड़ा इसको कर दूंगा छन्ना हूं छन्ना बंदा है क्या मैं छोड़ रहा हूं फिर हम तू बोल भी नहीं रहा कुछ पता नहीं चलेगा फोटो बोलो करा देखो भाई बंदा बहुत बंदे आ गए गंदी और सब लोग घर में, आ आ लो में पता नहीं कैसे आया सब वहा है यही नहीं नहीं बंदा बंदा बंदा है है वो सब ये और पहले वाले बगल वाले बगल वाले बगल वाले बगल बगल बगल में में में आ आ गए गए एकदम बिना रहा ना इधर देखो देखो अबे अभी खींच रहा निकल रहा यार हेल्प फुल करो सभी लोग बंदे बर्बाद नहीं किया फिर सही किया है चलो रसो करो है कौन नीचे ही कर दिया था ऊपर वाला किल किल हुआ जगह यार यार मेरा किल नहीं मिला और बंदे होंगे यार बंदे हो सकते हैं शायद आ बंदेदार कहा थे बताओ जहाँ हम लोग निकलते नहीं और तो इतना आगे चलेगा तुमको गाड़ी मिल गई पीछे आना चाहिए उसको लेना चाहिए तुम आगे भाग रहे हो तो तुम गैस सिले तो, तो, लेता हूं तो आगे। नहीं, नहीं, नहीं यार मत यार मत रखो रखो अंदर, अंदर वाले वो स्टोर आगे आगे ड्रॉप किया हाँ अरे यहाँ पंडे आएंगे यार यहाँ तुमको बता नहीं यहाँ पंडे आएंगे तो? पीछे जीप करिए देखने में स्पॉट है मार्सपॉन है कि मतलब तो एक ही है प्रियंक हम्म हम्म हिम्मत नहीं हो रही आने की। इसको कूद कूद कूद कूद के के के के मारे मारे क्या हो मारो अच्छा से मारेगा तो फिर प्रॉब्लम ही करेगा चलो चलो चलो चलो चलो चलो इधर अंदर चलो। बहुत डैमेज डेमेज मारा नहीं साला तुम नेट करो। तुम नेट करो। अरे ये तो आउट आगे कर दिया हो गया चढ़ा हुआ है रहा है रहा है से करो ऊपर वाले को ऊपर है ऊपर